सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए कैसे हैं आप सब विजय आर्य के साथ YouTube स्टूडियो में स्वागत है और कल 10 तारीख को साठ साल से ऊपर के बुजुर्गों को टीकाकरण किया जाएगा बूस्टर डोज लगाई जाएगी यह डोज उनको लगेगी जो सेकंड डोज लगवा चुके हैं और जो साठ साल से ऊपर हैं और आप सब से निवेदन करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से जो बुज़ुर्ग और बहन भाई जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं अपने माता पिता बाबा या दादी को भी बूस्टर डोज लगवाए जिसको सेकंड डोज लग चुकी है और तभी जब तक तो इस जो देश में संकट आया इस टाइम आप सबने बताया कि काफ़ी हरियाणा के जिले ग्यारह जिले रेड अलर्ट में आ चुके हैं और वहाँ पर होमिक्रोन और करोना के जो थर्ड वेव है और सेकंड वेव है उसकी माता बढ़ चुकी हैं देश में और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जो बालक हैं और पंद्रह से अठारह साल तक के उनमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और अपना वैक्सीनेशन ज़रूर कराए दोस्तों जब तक हम अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं समझेंगे तब तक हम अपना और देश का विकास नहीं कर सकते अभी हमारे देश में जो संकट है उस संकट को हम तभी टाल सकते हैं जब हम अपना आपको खुद वैक्सीनेशन करें मास्क लगाए सैनिटाइज़र करें और पर्याप्त दूरी बना के रखें हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि वो कल 10 तारीख को अपना जो बूस्टर डोज है वो लगवाए वैक्सीनेशन के लिए धन्यवाद इस वीडियो में बने रहे विजय आर्य के साथ अगली वीडियो मिलेगी आयुर्वेद के बारे में हम अगली वीडियो बनाने वाले हैं जिस भाई ने एक कमेंट में ये भी कहा है कि भाई जो एलर्जी है उसके बारे में हम किस तरह से आयुर्वेदिक तरीके से ठीक किया जा सकता है जिसमें बहुत कम खर्चा आए धन्यवाद वीडियो में सुनने के लिए विजय आर्य के साथ